हेलो फ्रेंड्स दिस इज आकाश कंबर और आप देख रहे हैं एक टेक्निकल फैक्ट्स फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट रेड कलर का बटन हुआ उसपे हिट मारना और बेल आइकन पहला के नाइंग्रेस से करनी आपका दो तीन महीने पहले ही सिलेबस तो की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में साथ में रिवाइज करना, तो से, आपके, आपके तो से याद करके जाइएगा और सारे क्वेश्चन भी लगा के जो आपको टेबल सीट मिलती है कोचिंग से उसके 100% बच्चे ऐसा ही करते होंगे नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है लेकिन लास्ट के टाइम में मैं बस यही ये नहीं है मेरी आप पे अपनी पर ज्यादा ध्यान ना दें। हाँ दोस्तों आपने थ्योरी पर ज्यादा ध्यान ना दें और तीन महीने तक मतलब एग्जाम से पहले तीन महीने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए जो मैंने जो गलती करी है मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि तो मैंने खुद आई आई टी की प्रिपरेशन में कोचिंग में भी मेरे नंबर अच्छे आते रहते थे लेकिन फिर भी आई आई टी नहीं निकली मेरी आई आई टी मेन्स में नंबर की बात करूँ तो मेरी जो जो जो इंटर इंटर इंटर के के के साथ साथ दिए थे थे पेपर, पेपर, दिया था पेपर, उसमें थे 63 और जो मेंस में मेंस तो इंटर के एक एक बार, साल बाद कोचिंग करके दिया उसमें भी ज्यादा चेंज है, नहीं आया नंबर आए आप ही सोचिए उस इससे तो 63 थे, वो इंटर के साथ दिए थे तो गलती करी थी सारी रहा। और उससे कहा गया था कि सरल भी नहीं आता तो क्या करना है प्रीवियस और एनसीआर लगाओ तो मैं निकल जाएगी और कॉम्पिटिशन की बात करें तो उसमें भी आप प्रीवियस जरूर लगाइएगा मैं बस यही सलाह दूंगा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन तीन महीने तक जरूर लगाइएगा वो भी एग्जाम से लगातार तीन महीने पहले तक और उससे अगर थ्योरी आपको याद नहीं है तो आप तीन महीने पहले से ही अपनी पूरी थ्योरी तैयार कर लो बस थैंक यू बिश यू बेल और बाय बाय मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने जब चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को तो भी प्रेस कर